वैक्सीन सर्टिफिकेट वैक्सीन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी ज़रूरत हमको कहीं पर भी पड़ सकती है ट्रेवल्स करने पर या कहीं आप गल्ला लेने जा रहे हैं या कहीं पर भी कभी कभी क्या होता है कि कोटेदार या कोई भी है वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगने लगता है या ट्रेवल्स में जाने पर ट्रेवल्स के लिए ज़रूरत हो जाती है विदेश जाने पर भी हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे अपने WhatsApp के माध्यम से तुरंत किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो कि कोई भी आदमी अगर WhatsApp चला रहा है छोटे छोटे फ़ोन में भी तो वो डाउनलोड कर सकता है तो चलिए इसके लिए हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने WhatsApp पे जाना है WhatsApp पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह नंबर है 9013151515। इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये भारत सरकार का वैक्सीन सर्टिफिकेट नंबर है कि आप इसमें एक एसएमएस एम एस भेजेंगे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करेंगे तो आपको ये पूरा उसका प्रोसेस बताएगा तो चलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेट पे ये नंबर सेव कर लेना है सेव करने के बाद जाना है आने के बाद आपको ये मैसेज बॉक्स में लिखना है वैक्सीन सर्टिफिकेट इस वैक्सीन सर्टिफिकेट को लिखकर आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो उधर से एक रिप्ले आएगा ये देखिए ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा उस ओटीपी को आपको यहां दर्ज करना है ओ दर्ज करने के बाद आपको इसको सेंड कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं वहां से रिप्ले दूसरा आया है जिस पे आप देख सकते हैं ये चार नाम एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप चार लोगों की बुकिंग कर सकते हैं तो हमने चारों नंबर की ये बुकिंग की हुई थी तो हमारे ये चारों सर्टिफिकेट आ चुके हैं तो अब इनमें से जो भी आपको चाहिए या जिस व्यक्ति का चाहिए तो वन टू थ्री करके आप देख सकते इनमें से आपको दर्ज करना है कि मान लीजिए मुझे नंबर एक इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो हमने ये नंबर एक लिख करके सेंड कर दिया तो जैसे ही हम ये सेंड करेंगे नंबर एक लिख करके तो वहाँ से उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट आ जाएगा ये देखिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करें अब ये पीडीएफ फ़ाइल में आप इसको देख सकते हैं कि आपका ये सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड होकर के आ गया है और आप इसको प्रिंट ले के या आप अपने मोबाइल से ही जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पर इसको दिखा सकते इसके बाद अगर आपको बुकिंग करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं अनादर सर्टिफिकेट अगर किसी और का निकालना चाहें तो या अगर आप बुकिंग करना चाहें तो ये बुक अपॉइंटमेंट या मेन मेनू तो इसके लिए हम आपको न्यू बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए हम आपको आगे वीडियो करके बताएंगे कि, कि किस प्रकार से आप अपने व्हाट्सअप से बुकिंग कर सकते हैं इसके लिए आप वेट करिए और हम आपको बहुत ही जल्द एक नया अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर अपने दोस्तों यारों को करें धन्यवाद